तो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां जो जीएसटी निकालना चाहता हूं मैं यहां पे इसका अठारह परसेंट नहीं निकालना चाहता या टोटल पे निकालना है मुझे इस डेटा का टोटल सम करके इसको प्लस इसको प्लस मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना मुझे क्या करना है हर डेटा के नीचे एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना है और यहाँ पे इसमें लिखना है जी और फिर इसका अठारह परसेंट कैलकुलेट करना है। फिर एक और रो इंसर्ट करना है और मुझे यहां लिखना है तो और फिर मुझे इसको ऊपर वाले को इसमें टोट बताइ और समझे सर। एक कैलकुलेशन हर रो के लिए करना है तो हर रो पे जाना तो मुश्किल है ना सर क्या बोल रहे आ, सर, काम हो गया। हो गया? इसको भी हम कम टाइम में कर सकते मैं सबसे पहले क्या करना है कि रो करना, राइट? Right? मुझे दो अलग अलग फॉर्मलेट करने तो सबसे पहले मैं यहाँ एक सीरियल नंबर लिखूंगा, ठीक है? सीरियल सीरियल नंबर नंबर लिखा? नंबर सर। जी सर। सर। मैं इसी नंबर को नीचे अब तो सर। सर। की तरफ रिपीट कर दूंगा देखिए शॉर्टिंग कर हमने क्या किया डेटा को एक कॉलम ऐड किया शॉर्ट सीरियल नंबर का और हमने एक से लेकर जितना रो था उतना थाल दो बार है एक बार में इधर ब्लैंक रो है और एक बार में डेटा है देखिए जब सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग में शॉर्ट करूंगा तो दोनों वन इकट्ठा हो जाएगा एक डेटा आएगा एक ब्लैंक आएगा समझे सर ये हमारा आ गया आ गया सर अब मुझे नंबर की जरूरत नहीं है मैं कर मुझे इसमें जीएसटी लिखना है लेकिन इसमें इसमें लिखना है, तो मैंने क्या किया जरूरी है आपको ठीक है न सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट कर करने के बाद मैं यही पे फाइन एंड रिप्लेस में और फाइन रिप्लेस कर जाने के बाद हमने क्या किया ब्लैंक किया ब्लैंट क्लिक करने से क्या हुआ कि जितने भी कॉलम कॉलमे ब्लैंक थे वो यहां सेलेक्ट होगा ओके सर जी सर मैंने क्या किया इसमें लिख दिया जी एस टी क्या कर दिया टाइप कर दिया आपने और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस एंटरप्रेस कर कंट्रोल एंटर से क्या होगा ये जितने भी सिलेक्टेड है सब पे जीएसटी टाइप हो गया जीएसटी okay. टाइप सर जी विदाउट इसमें नहीं सर अब मैं क्या अगेन मैं इस कॉलम को सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा यहां पे गो टू स्पेशल प्लै अब यहां मैं इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय एन परसेंट और नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, कंट्रोल एंटर जेस्ट गया अब क्या है? मुझे हर दो रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है टोटल। तो मैं अगेंस्ट रियल नंबर लिखूंगा और यहाँ पे वन को दो वाले, ठीक है ना और इसमें प्लस कर दूंगा वन और नीचे तक ड्रैग कर दूंगा इससे क्या सॉरी मल्टीप्लाई हो प्लस इसे क्या तो सॉरी हमें इसमें प्लस वन करना प्लस वन हो गया प्लस वन तो हर नंबर क्या हो गया दो बार रिपीट हो गया हर नंबर कितना रिपीट हो गया दो बार अब मैं इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूं और मैंने देखा कि 64 तक हमारा क्रिएट हुआ है यहां मैं क्या करूंगा वन टू को सिक्सटी फोर बार लिखूंगा बट वन टाइम रिपीटेड नहीं ठीक है और सेम शॉर्टिंग मेथड इस डेटा को क्या करूंगा मैं शॉर्ट कस्टम शॉर्ट और कस्टम शॉर्ट में मैं कहा जाऊंगा सीयर नंबर तो आप यहां देख रहे हैं कि जीएसटी के बाद एक हमारा ब्लैंक ग्रोफ इंसल्ट हो गया हो गया सर जी। फेर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा पूरे कॉलम को और इसके ऊपर कंट्रोल जी स्पेशल ब्लैक और फिर मैं क्या करूंगा इसमें लिखूंगा टोटल राइट सर एंड कंट्रोल एंटर और अगेन इसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा मैं नीचे की तरफ और यहां पर कंट्रोल जी स्पेशल और इसमें हम उसको वाले में प्लस एंटर रिजल्ट आपके सामने है सर जी। है ना तो अब ए, एक चीज इसने बताया कि, कि सर हमें ये ऑप्शन को जानना बड़ी बात नहीं है हमें जानना होता है कि हम उसको कहां करें और कैसे करें ये चीज आपको कुछ वर्किंग प्रोफेशनल ही बता सकता है या कई सालों में सीखते सीखते सीखते सीखते सीखते आपके पास आएगा जैसे कि मेरे पास आया है